जनाब इमरान रजा साहब ने दावनगिर से सवाल किया है कि मैं पढ़ाई करता हूं और काफ़ी मेहनत भी करता हूं लेकिन कोई चीज़ जहन में नहीं बैठती और जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं कोई वजीफ़ा बताएं जनाब इमरान साहब आपसे गुजारिश है कि आप कसरत से दरुद कमालिया का विद करें और हर रोज़ जब आप सुबह उठें तो यामों इक्कीस मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लें इन शह तबारक वाली इससे याददाश्त मजबूत होगी क़ोत हाफजा मजबूत होगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो कभी फरामोश नहीं करेंगे